अभीष्ट फलदम देवम सर्वज्ञम सुरपूजिताधरम शांतम प्रणमामी बृहस्पतम वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत नव ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और ग्रहों के मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री का पद प्राप्त है ये नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं यह है वृद्धि के कारक ग्रह हैं इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उनमें इनका योग वृद्धि कारक रहता है गुरु ज्ञान धन संतान मान सम्मान विकास कर्म विवाह इत्यादि के कारक ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति देवगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं दर्शकों जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह शुभ हैं विशेष प्रभाव है वैसा जातक तन मन और धन से धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में अभिरुचि रखता है गुरु धनु व मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं, दो हाउस इनको प्राप्त है दो घर प्राप्त है एक है धनु राशि, दूसरा है मीन राशि दर्शकों देव गुरु बृहस्पति पांच अंश में कर्क राशि में उच्च के होते हैं तथा पांच अंश में मकर राशि में ये नीच के होते हैं ग्रहों के राजा सूर्य चंद्रमा मंगल इनके मित्र ग्रह हैं शुक्र व बुध के साथ इनकी शत्रुता रहती है राहु केतु व शनि के साथ इनका संबंध जो रहता है ये तटस्थ रहता है गुरु ग्रह जातक को करियर में उन्नति स्वास्थ्य लाभ मजबूत आर्थिक स्थिति विवाह एवं संतानोत्पत्ति जैसे शुभ फलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं यदि जन्मकुंडली में गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह केंद्र में केंद्र त्रिकोण में हैं या आ, हंस महापुरुष नामक पंच महापुरुषों में एक योग होता है ऐसे योग बना रहे हैं तो यकीन मानिए एक केंद्र में बैठा बृहस्पति सभी दोषों का नाश करता है दर्शकों देवगुरु बृहस्पति का गोचर 5 नवंबर 2019 यानी मंगलवार के दिन प्रातःकाल छः बजकर बयालीस मिनट पर वृश्चिक राशि से धनुराशि में आ रहे हैं और ये बीस नवंबर दो तक दिन रहेगा दोपहर दो, दो बजकर पचपन मिनट तक की मीन राशि तो के जातकों के लिए क्या कुछ प्रतिफल में वृद्धि करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे तमाम टीवी चैनल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे या अन्य आर्टिकल पर क्वेरा वगैरह पर हम पर जो है पढ़ते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं और जहाँ पर देखते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं है यदि आप ज्योतिष को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र को बहुत बारीकी से समझेंगे तमाम जो है जो है मतलब ज्योतिष से संबंधित जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं तमाम धर्म ग्रंथ हैं तो उसमें एक श्लोक आता है कि जीव क्षेत्र है यदा शनि शनि क्षेत्र यदा जीवा स्थान वृद्धि करो शनि स्थान हानि करो जीवा अर्थात जीव के घर में जब भी शनि देव विराजमान होंगे तो वहां पर वृद्धि करते हैं जीव क्षेत्र यदा शनि फिर शनि क्षेत्र यदा जीवा और शनि के क्षेत्र में अर्थात मकर में कुंभ में क्षेत्र का मतलब यहां पर हाउस हुआ तो मकर में कुंभ में यदि देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो वहां पर स्थान हानि करो जीवा वो फार्मूला लगेगा वो दो के बाद लगेगा अक्टूबर के बाद जब ये मकर में जाएंगे तब तो दर्शकों प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है और सिर्फ जुपिटर को अर्थात देवगुरु बृहस्पति को मानक मान करके उनके गोचर का फल आपको बताया जा रहा है वास्तविक स्थिति के लिए अन्य ग्रहों की भी स्थिति भी विचारणीय रहती है इसलिए दर्शकों आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं और आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा क्या कहती है आपके सब डिविजनल चार्टे क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए आपको कैरियर संबंधी दिक्कत है तो दशवान चार्ट क्या कहता है आपको विवाह में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका डी चार्ट क्या कहता है संतान संबंधी दिक्कत आ रही है डी चार्ट क्या कहता है तो इसके सब डिविजनल चार्टे भी देखे जाते हैं अष्टक वर्ग क्या है अष्टक वर्ग में कितने मार्क्स प्राप्त हैं स्वाष्टक वर्ग में क्या है शटबल में इनकी पोजीशन क्या है योगनी दशा क्या है तो दर्शकों ज्योतिष शास्त्र बहुत ही ब्रॉड है नक्षत्रों की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों के नक्षत्र उनके उप नक्षत्र होते हैं तो उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा विचारणीय होती है ये हर एक बात अपने प्रोग्राम में हम नहीं बता सकते हैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो वास्तविक स्थिति के लिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके और शुभ उपायों को प्राप्त कर सकते हैं तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं मकर राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी कुंडली से द्वादश भावों में होगा देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके कुंडली में द्वादश स्थान और तीसरे स्थान के मालिक बनते हैं मकर राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर बारहवें भाव में होने जा रहा है बारहवें भाव से खर्च और विदेश यात्राओं का विचार किया जाता है गुरु का ये गोचर ये राशि परिवर्तन अशुभ रहेगा आपके लिए गुरु के इस परिवर्तन के कारण आपके खर्चों में अधिकता आएगी स्क्रीन पर आप लोग कुंडली बॉक्स देखिए देखिए जो द्वादश स्थान होता है ये होता है आपके कर्जे का ये होता है आपके एक्सपेंसेस का आपके खर्चों का होता है ये होता है आपके नुकसान का ये होता है आपके संन्यास का ये होता है सोसाइट का ये होता है मोक्ष का ये होता है व्यय का ये होता है संयासु का ट्वेल्थ हाउस होता है ये होता है आपके बाय नेत्र का हॉस्पिटल का विदेश यात्राओं का तो ये गोचर जो रहेगा इन मामलों में अधिकता कराएगा विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं इस समय आपको आपके शत्रु अत्यधिक परेशान कर सकते हैं इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए और यहाँ तक तो हम ये कहते हैं कि मकर राशि के जात को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके मल्टी रेमेडीज आप लोग कई उपाय ले सकते हैं गुरु का ये परिवर्तन आपको अत्यधिक मानसिक चिंताएं दे सकता है आपके द्वादश भाव के साथ साथ बृहस्पति क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं तो द्वादश भाव में गुरु के गोचर से आपको लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है यात्रा काम के सिलसिले में हो या फिर निजी में भी हो सकती द्वादश विश्वसनीयता को अवश्य इस परख ले जान ले अन्य आपका पैसा फंसेगा आप किसी को धन उधार मत दे अन्यथा बड़ी दिक्कत होगी ये जो पीरियड रहेगा इसमें आपको धर्म के प्रति रुचि पड़ेगी, धार्मिक चीज़ों के प्रति ज्योतिष से संबंधित आपका मन बहुत करेगा सीखने का ये एक ऐसा समय रहेगा जब आप भौतिक सुख समृद्धियों से दूरी बना करके आप सोचेंगे कि हम एकांतवास ग्रहण कर लें कहीं पर्वत पर चले जाएं या कहीं हम दूर चले जाएं, घर परिवार से बिल्कुल आप तोड़ना चाहेंगे आपका कोई मित्र इस दौरान आपको मुलाकात करवा सकता है किसी आध्यात्मिक गुरु या अध्यात्म के प्रति या जो है किसी ज्योतिष से आपको मुलाकात करवा सकता है जो लोग लोग मकर राशि के के जातुक विदेशों में में रहते हैं, हैं। रहने का आप लोग का आप स्टेबल होने प्लान भी कर सकते हैं। छात्रों के लिए समय ठीक रहेगा, इस अवधि कोशिश कीजिएगा कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिएगा यदि आप अपने घर के मुखिया हैं तो आपको अपने परिवार को एकजुट करने के लिए इस समय प्रयास करने चाहिए दर्शकों द्वादश तो स्थान पर बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि सुख के घर को दे रहा है तो कुछ सुख के चीज़ों में जो है वृद्धि होगी कोई आपको प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन वगैरह क्रय करने का योग रहेगा वहीं पर जो है सप्तम दृष्टि छठे स्थान को दे रहा है जो छठा स्थान होता है शत्रु का होता है तो अकारण से आपके शत्रु बनेंगे अकारण से आपके अंदर चिंताएं आएंगी अकारण से आपके ऊपर लोन बने बढ़ेंगे कर्जे बढ़ेंगे अकारण से आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी वहीं नवम दृष्टि दर्शक को अष्टम स्थान को देख रहा है जो कि दुख का है कोई दुर्घटना इत्यादि ये गुरु का गोचर करवा सकता है का वजन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ेगा इसके अलावा अचानक से ये आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है आप कोई ऐसी डील कर लेंगे कि यस करेंगे और बाद में आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो करप्शन के आरोप आप पर लगेंगे आप लोग पकड़े जाएंगे तो इनसे देखिए आपको बच के रहना रहेगा दूसरा दर्शकों कोई आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है ना चाहते हुए भी आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो सकता है यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं ऐसी जगह आप फेंके जाएंगे जहाँ पर आप चाहते ही नहीं थे इसके अलावा दर्शकों आप लोग सस्पेंड भी हो सकते हैं यदि एजुकेशन फील्ड से हैं टीचर हैं तो खास करके आपको ध्यान रखना है कि टाइम पर ही विद्यालय जाइएगा अन्यथा उच्चाधिकारी आपको परेशान करेंगे तो ये था दर्शकों ये मकर राशि का जो गोचर था ये आपके लिए जो है कैसा था हमने बता दिया उम्मीद करते हैं आप अपनी कुंडली का विशेषण करवा करके और बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं दर्शकों यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए अब आते हैं उपाय पर लेकिन उपाय से पहले दर्शकों वार्षिक राशिफल आप लोगों के लिए पढ़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं और प्रत्येक माह का हम मासिक राशिफल भी अपने इस चैनल पर डालते हैं तो आप लोगों को करना क्या रहेगा आप लोग जाइए हमारे चैनल पर इनको देखिए उपाय पर आ जाते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको करना ये रहेगा विष्णु सहस नाम का आपको पाठ प्रतिदिन करना है दूसरा दर्शकों बृहस्पतिवार गजेंद्र मोच का आप लोग पाठ करिए शनिवार वाले दिन सुंदर कांड का पाठ करिए और दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करिए क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है तीसरा एक प्रयोग और बता रहे हैं कि बृहस्पतिवार वाले दिन बेसन हो गया चने की दाल हो गई और गुड़ हो गया केसर हो गया इन चीज़ों हल्दी की गांठ हो गई या पीसी हल्दी हो गई इन चीज़ों का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा बृहस्पतिवार वाले दिन माह में किसी भी एक बृहस्पतिवार को जाइए और धर्म स्थान की साफ सफाई करिए ये सब प्रयोग करिए शुभता में वृद्धि लीजिए, केसर का तिलक मस्तक जिब्बा नाभी पर आपको लगाना रहेगा प्रतिदिन गुरु कवच आपको पढ़ना रहेगा करिए तो आपको उपाय ही उपाय हमने आपको बता दिया है तो दर्शकों ये प्रयोग करिए उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा नए हैं तो सब्सक्राइब और बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार